आपका पहला सवाल है भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ मिला था आपका ऑप्शन है A. दिल्ली राजस्थान सी केरल में जी महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा सी केरल में आपका दूसरा सवाल है भारत में सबसे पहले जानता था। आपका ऑप्शन है एटीस मार्च 2023, 2023, मार्च दो हजार दो हजार उन्नीस वही स्का दो हजार बीस आपका तीसरा सवाल है हमारे सराष्टि कौन सा आपका ऑप्शन है तो अशोक आपका सही जवाब होगा अशोक चौ आपका चौथा तो सवाल है ऑप्शन थी। है आपका सही जब वो बाद में स्कॉटसाफे आपके हॉट यू जापड़ अंडरनीद द रिलैक्स स्काई मेरा समर आई मेट यू इन ऑगस्ट न्यूयॉर्क बैक टू माय कोल्ड अपार्टमेंट डिस्टेंस सॉक्स बट आई सस्टेन आप का स्टीम अप होगा वी भारत रो जाना है कहीं मैं आई कॉनंट डोन्ट माइंड एस महात्मा गांधी हत्या कर की गई थी आपका ऑप्शन है उन्नीस सौ में बी उन्नीस में सी उन्नीस में सी उन्नीस में आपका सही जवाब उन्नीस सौ अड़तालीस में आपका सातवां सवाल है भारत के किस राज्य में चीज़। चीज़ है आपका ऑप्शन है में, आपका यही जवाब देगा आपका पाँच पास जवाब आपका ऑप्शन है पाँच मार्च दो हजार पंद्रह बी दस अप्रैल दो हजार एक मई दो हजार आठ नवम्बर दो आपका सही जवाब होगा डी आठ नवम्बर दो आपका अगला सवाल है नौ स्वर्ण मंदिर भारत की किस शहर में स्थित है आपका ऑप्शन है।, है।, है ए मणिपुर सी तेलंगाना नागालैंड आपका सही जवाब होगा ए सवाल है ताजमहल के में कितना सब लगा आपका ऑप्शन है ए 15 साल बी 18 साल साल, साल. आपका सही जवाब होगा लो जाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल करती थी आपका अगला सवाल है 11. अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है आपका ऑप्शन है ए, ए, ए, ए, पाकिस्तान, आपका सही जवाब होगा अगला जवाब है बारह भारत में दुण। दुण नाम किसी शहर को जाना जाता है आपका ऑप्शन है ए बी एडिश जोधपुर सूरत नाके i know i can't even merge with anybody oh आप आपका यही जवाब होता है कि हम वो आपका व्यू सवाल है पीला कौन सा पक्षी पिकिट और उसका तथ्य आपका ऑप्शन है द डिस्टेंस सोक्स बट आई लीस्ट टू इट टू द सी कमिंग बाय्स और या नवंबर यू एंड आई फ्लाई टू आपका सही जवाब होगा हमिंद आपका अगला सवाल है चौदह कहा हुआ था आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़ बी, बरेली सी विजयवाड़ा लुबी आपका सही जवाब होगा दि? भारत के प्रथम राष्ट्रपति महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद लाल नेहरू भगत सिंह का सही जवाब होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है सोना किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है आपका ऑप्शन है गुजरात बी कर्नाटक सी केरलनाडु You stood out cuz you were in right I got another सवाल in my intentions I got another question my intentions I summer high met you in ogs new york back to my cold apartment distance talks but i lease to with you I got to skies may don november to a Take me back to you just the face and you come and now I can't see I'm me with anybody all together as we used out man. the night underneath the light I sky to so, be with you comment box we said quite a sky next to be close i will as long as it's free or channel ko aap sabhi log subscribe karke bell icon on kar lijiye dhanyawad